आज की इस वीडियो में हम बहुत मोटिवेशनल बातें करेंगे प्लीज़ अगर ये वीडियो हमारा आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दें बात हमारी याद रखना कभी इंसान की शादी इंसान से होती थी अब मकान की मकान से हो रही है माल की माल से और स्टेटस की स्टेटस से आज शादी हो रही है याद रखना खुदा के नज़दीक किसी इंसान की इज्जत जितनी ज़्यादा हो जाती है उसका इम्तहान भी उसी कदर सख्त होता चला जाता बात हमारी याद रखना खुशबू लगाने से पहले सोच लें कि आपका किरदार आपका अखलाक कहीं बदबूदार तो नहीं है बात याद रखना जिस जबान से झूठ निकलना बंद हो जाए उस जबान से निकली हुई हर दुआ कबूल हो जाती है बात याद रखना अपनी जिंदगी हमेशा मैथमेटिक की तरह गुजारो दोस्तों को प्लस करो दुश्मनों को माइनस करो खुशी को मल्टीप्लाई दो और प्यार को डिवाइड करो और हमेशा मुस्कुराओ बात याद रखना अच्छे लोगों से अल्लाह बहुत इम्तहान लेता है मगर साथ नहीं छोड़ता और बुरे लोगों को बहुत कुछ अल्लाह देता भी है पर साथ नहीं देता बात याद रखना दुनिया में खूबसूरत दिल तलाश करो दुनिया में खूबसूरत दिल तलाश करो चेहरे नहीं क्योंकि खूबसूरत चेहरे तो बहुत हैं लेकिन खूबसूरत दिल बहुत कम है बात याद रखना हजरत अली फरमाते हैं कामयाबी हौसलों से मिलती है और हौसले अच्छे दोस्तों से मिलते हैं अच्छे दोस्त मुकद्दर वालों को मिलते हैं और मुकद्दर इंसान खुद अपना बनाता है अपना रूमी आगे फरमाते हैं सबर के कानों से सुनो हम दर्द आंखों से देखो मोहब्बत वाली जबान से बोलो बात हमारी याद रखना गलती मानने और गुनाह छोड़ने में कभी देर मत करो गलती मानने और गुनाह छोड़ने में कभी देर मत करो क्योंकि सफर जितना ज्यादा लंबा हो जाएगा वापसी आपकी उतनी ही दुशवार होगी बात याद रखना हम ऐसे मुनाफिक लोग हैं कि हर किसी की तकलीफ को उसके गुनाहों की सजा समझते हैं और अपनी तकलीफ को अल्लाह की आजमाइश समझते हैं बात याद रखना इंसान के जिसम का सबसे खूबसूरत दिल है अगर यही साफ ना हो तो चमकता चेहरा भी किसी काम का नहीं बात हमारी याद रखना जन्नत तो सभी मांगते हैं लेकिन मिली हुई जन्नत की कदर किसी को नहीं माँ तो सबके पास में लेकिन कदर उसकी कोई नहीं कर रहा बात याद, याद रखना हम अपनी ज़िंदगी से झूठ गीबत तोहमत और बहुतान निकाल दें तो बाकी सिर्फ बचती है खामोशी और खामोशी क्या बेहतरीन इबादत है बात याद रखना दिल से दिल मिले तो इंसान जिंदा है दिल से दिल मिले तो इंसान जिंदा है और क्या कमाल की बात है यही दिल अगर उस रब से मिले तो फिर मेरे भाई ईमान जिंदा है बात याद रखना दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ क्या एक मरतबा एक चुड़िया रिस्क की तलाश में लंबा सफर करने चली गई लंबा सफर करके वापस घोसले में पहुंची बच्चों ने कहा माँ तुमने इतना लंबा सफर किया हमें बताओ आसमान कितना बड़ा है चुड़िया ने बच्चों को अपने परों में समेटते हुए कहा बच्चों हमेशा याद रखना वालदेन के साय से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं वाकई में बात याद रखना कौन क्या कर रहा है कैसे कर रहा और क्यों कर रहा है इन सब से आप जितना आप दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे एक बात और याद रखना जिंदगी तो अपनी ही होती है जिंदगी तो अपनी ही होती है पर जीना दूसरों के लिए पड़ता है बात याद रखना बात हमारी याद रखना हसद ऐसा जहर है जिसे इंसान खुद पीता है और उम्मीद दूसरों की मरने की करता है बात याद रखना जब तुम पर कोई मुश्किल आ जाए तो किसी का एहसान न लो क्योंकि मुसीबत चार दिन की होती है लेकिन एहसान जिंदगी भर का होता है बात याद रखना अल्फाज चाबियों के मानंद है इनका सही इस्तेमाल करके लोगों के मुंह बंद या दिल खोले जा सकते हैं बात याद रखना दौलत और हस्न की लालच में कभी अपनी सीरत मत खराब करना क्योंकि दौलत दुनिया ही में खत्म हो जाएगी और हुन मिट्टी में दफन हो जाएगा लेकिन अच्छी सीरत आखिरत तक तुम्हारा साथ देगी बात याद रखना आए इंसान तेरी जिंदगी एक किताब है तो अपने हाथों से ऐसी किताब लिखना जिसको पढ़ते हुए क्यामत के दिन शर्मिंदगी ना हो बात याद रखना सदका फकीर के सामने आजी और बाद अदब पेश करो क्योंकि खुश दिली से सदक़ा देना कबूलियत की निशानी है बात याद रखना मत रक रख उम्मीद किसी से मगर अपने रब से और मत डर किसी से मगर अपने गुनाह से अमल करने वाले इखलास पैदा कर वरना फजूल मशक्कत है बात याद रखना जब तुम दुनिया की रबत से तंग आ जाओ जब तुम दुनिया की रबत से तंग आ जाओ रिस्क का कोई रास्ता ना मिले तो मेरे भाई सदका देकर अल्लाह से तजारत कर लो बात याद रखना एक बात और याद रखना नसीहत वो बात है जिसे हम कभी ग़र से नहीं सुनते हम जो नसीहतें कर रहे हैं वो कभी गौर से नहीं सुनते और जो अगर हम गीबत करें ईबत वो बदतरीन धोखा है जिसे हम आज पूरी तवज्जो से सुनते हैं ये बात बिल्कुल सही है इन बातों को समझने की कोशिश करो बात याद रखना हमारे हाथों से मोती बिखर जाएँ तो उन्हें समेटना आसान है हमारे हाथों से अगर मोती टूट के गिर जाएं, उन्हें समेटना आसान है मगर हमारे अलफाज से किसी की जात बिखर जाए तो उसका संभालना बहुत मुश्किल है बात याद रखना ज़मीन अच्छी हो लेकिन पानी ठीक ना हो ज़मीन अच्छी हो लेकिन पानी ठीक ना हो तो फसल ख़राब हो ही जाती है और अगर घर अच्छा हो लेकिन घर में दिन ना हो तो मैं याद रखना नस्ल खराब हो ही जाती है बात याद रखना अगर तुम अंदर से मजबूत हो तो तमाम मुश्किल चीज़ें आसान हो जाती हैं और अगर तुम कमज़ोर हो तो तमाम आसान चीज़ें भी मुश्किल बन जाती हैं बात याद रख आज की ज़बरदस्त बात दाढ़ी बड़ी समझदार है ये कभी औरत के चेहरे पर नहीं आती जब भी आती है मर्द के ही चेहरे पर आती है सिर्फ ये बताने के लिए कि तुम मर्द हो तुम मर्द हो यू आर मैन और मर्द ये दाढ़ी मंडवा कहता है नहीं जी तुम्हें गलत हो गई मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझती हो और दाढ़ी भी बहुत जिद्दी है बार बार आकर कहती है कि नहीं जी तुम ही मर्द हो यू आर मैन तो मेरे भाई दाढ़ी रखा करो क्यों मनवाए पड़े हो क्यों मुंडवाए पड़े हो एक बात और याद रखना बाद में वजन पैदा करने के लिए आवाज का ऊंचा होना जरूरी नहीं है बाद में वजन पैदा करने के लिए आवाज का ऊंचा होना जरूरी नहीं है बल्कि बात का सच्चा होना जरूरी है बात याद रखना गरीबी अमीरी ये सब किस्मत की बात है गरीबी अमीरी ये सब किस्मत की बात है हमें हर इंसान से इंसानों की तरह मिलना चाहिए बात याद रखना एहसान हमेशा नस्ल देखकर देख कर किया करो गाय सूखा घास खाकर भी मीठा दूध देती है जबकि सांप मीठा दूध पीकर भी डस लेता है बात याद रख जो तुम्हारे निन्यानवे अच्छे कामों को छोड़कर तुम्हारी एक गलती पकड़ ले वो इंसान है और जो तुम्हारी निन्यानवे गलतियों को माफ़ करके तुम्हारे एक नेक अमल को कबूल कर ले मेरे भाई वो रहमान है अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए ज़बरदस्त तो बात है हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह से किसी ने पूछा अलाल तू इतनी मार सहता इतनी तकलीफें उठाता इतनी तकलीफें बर्दाश्त करता गर्म तपती हुई रेत पर तुझे लिटाया जाता तुझे उसके ऊपर लिटा के उसके ऊपर घसीटा जाता, जाता है तेरे अल्लाह कर अल्लाहन करता है बिलाल ने फरमाया जब तुम मिट्टी का प्याला भी खरीदते हो ना जब तुम मिट्टी का प्याला भी खरीदते हो ना तो उसको भी ठोक बजा कर चेक करते हो कि कच्चा है या पक्का है मुझे भी मेरा रब देख रहा है कि बिलाल अंदर से कच्चा है या पक्का है। क्या जबरदस्त बात